बाजरे दा सिट्टा सिट्टा बाजरे दा सिंह बाज तो... <laughs> अस्सी और नब्बे कितने होते हैं एक सौ सत्तर होते हैं बोल तो नहीं एक सौ सत्तर नहीं करे जवाब, आप होते हैं सौ कैसे होते हैं अकेड़ बखेड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे बूढ़े सौ तो एक सौ सत्तर कैसे पेट्रोल और डीजल की रेट देखकर घबराए नहीं इसका भी वही इलाज है जो कोरोना का था घर पे रहो <laughs> बच्चों दिल्ली में कुटुब मीनार है पढ़ने आता आते हैं सोने पढ़ने मैंने क्या पढ़ाया अभी दिल्ली में बीमार है आकार